एहसान एहसान ना तुम छोड़ परेशान कर रहे हैं तुम तो इमार चोल जाएगी तू भैया मैं आता कहा ले जा ना है बता कहां। रहा तुया कहा ले जा रोह रात में सुने हाँ ले कहा जा रहा हूँ मत, मत नो तो तो बता सागर सागर एक मिनट और कौन है है ना मैं लड़का शादी करने जा रही थी ये मेरे फ्रेंड मिलने आई थी इन्होने बोला सुबह मॉर्निंग में को बोला कि छोड़ दो तो कल भी आई हूँ की बात है इन्होने बोला इसको, इसको बोला हम को इसको अंजु को छोड़ दो इनको प्यार हो गया मुझे कुछ भी नहीं पता था अभी मेरे से बहुत प्यार करते जो जो को लड़का कौन आग? कौन कौन है है तेरे संग कौन है बताओ तो सागर सुन सागर का बाबरी सागर सही बताया भैया ये गलत ना कह रहे कोई बात हम नौकरा भी, रहे हैं। दो भी, दो भी सुन मेरी बात दबा दे खून टपक रहे बहन खिलाड़ी क्या है छोड़ दे कहा जा रहा हूँ रात में कहा जा रहा है मैं ले हाँ। ये तो है ना राहुल को नाम कौन राहुल राहुल कौन है राहुल के घर लेकर चल तू चल क्यों ना जाएगा राहुल भी तो हो ना मंगाईगा दोस्तों मंगाईगा तू कैरा मंगाई है मेरी बात सुन फ्रेंड न तो तुम कह हाँ हमें और ना नहीं। वो, तो वो, वो, राव। राव। वो वो नहीं तो चले गए थे कौन मत राहुल नाम का का लड़का लड़का राहुल नाम वो कुछ भी नहीं किया मेरे साथ छोड़ छोड़ छोड़ कियागर सुनो सागर यहाँ कौन लाओ बता तू ला राहुल लाओ भैया और राहुल चंगो चा भी मंगाई कोट को बिहार हाँ। हाँ। तो मेरा दूसरे बालक की, की कैसी कर रहे हो मान मान, मान, पुलिस दे, दे।, तो दे। तो एक भी, एक नंबर फोन भाई, नंबर का, हम फोन ना, अब नाम चली जाएगी मुझे माने भाई मैंने है मेरी नहीं भैया तो भैया रुक रुक रुक रुक जा जा जा जा सब मर जाएंगे जाएंगे दोनों दोनों ना बुला बुला बुला बुला यहां ले भी एक दो रहते रहते <laughs> फोर फोर तो बारौगी, बारौगी। ना छोड़ो। ना रोौगी। ना रोौगी। ना तब है है है ठीक ठीक अब बोल अलग बहन के का छोड़ी थी छोड़ दे सागर सागर सुन सागर सुन किल्ला किल्ला ना सागर सागर मैं सही सही बता रहा तो सुनला तू तो छोड़ दे सही बता बला तो जब चल क्या था बता रहा हूँ अरे ना ना उठ रही है छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ दे दे दे दे दे समुंदर समुंदर समुंदर समुंदर समुंदर तुम दोनों भैया एक ऊपर मर रहे हो भैया तू हमें तुम दोनों मर गया एक ना बहन जो छोड़ दो तेरह आमती हुआ जमती जो तो क्यों ना छोरी छोड़ बहन के लड़ा मान छोटल लंड ले ल्यू तो भोसरी के मैंने ना ये बहन के लंड मर जाएंगे दोनों नो नो नो नो ऊपर बहुत सुतरो गया मेरा तो चल रहे दो तीन चल चल रहे चलो इतना विश्वास ना छोड़ में ही बैठा नहीं बैठो ऊपर ना चले जा रहा ऊपर ऊपर चलो जाओ समुंदर है मान तो सही तू तुम छोटे में यहां बैठो अरे एक मिनट छोड़ अब बताओ कोई दिक्कत है तू बैठे बैठी तम दोनों बात कर ले बहन जोर रुक जाए समझो छोड़ा गया। आगे मामा ने आगे दिए। आगे दिए। को चक्कर है का ने। कौन मेरा नोटावा मान जाओ सुंदर मांझा अरे समंदर मानजा समुंदर मानदा यार मार दे ओने ले जा ले जाऊं हां जा ले जाऊं जा ले नहीं जाने वो तो होन रे ये तो हम आवे आवे अरे फोन पकड़ दो तुम पुलिस पे मैंने तुमसे सही ये तो कर तो पे है कर तो नंबर मिला 7228 मिला हां आकाश बहुत बढ़िया है। है। निशान हो ले यार कहीं फोन कर कर कर रहे ना ना कहीं मत करो टोटली मत न तेरे सागर है री भी है लगी रही कही दोनों लड़ाई तो तो में में में भैया भैया मिनट बात बात बात बात करूंगा करूंगा था करो पास कर कर तो खूब रोज के हमारे को आ जा रहा हूँ भैया बता टोटल अनिल तुम ना करू तुम कह रहे हाँ। भाई मैं मेरे ना एक सौ ना देखो सुन सुन देख क्या नाम क्या है इसको अंजलि कहने पाई भाई तो, तो तो तो एक नार छोड़ छोड़ दे लेके किसके कहने पाई थी सुन तो तो सुन तो तो तो तो तो तो तो तो बाबू ना बात पान नहीं पानी है बालक की जिंदगी खराब हो जाएगी ना ना ना हम को पे करना पुलिस तो पुलिस से मत बुलाए जाए न छोड़ दे अब छोड़ दे नहीं तू तो पिट जाएगा तू फिट जाए समंदर हट जा बालक भैया भैया बैंक दोस्तार्यार कर देर क्यों न आई हूँ पानी पानी पानी पियाना चल पानी दे था अपने आप चल देगी छोड़ रात में आकाश पहन पीछे आकाश आकाश पीछे हेलो हाँ ये बहन खंड दोनों भैया आपस में टाट फरवा फरवा के मर रहे हैं यार का का तुम मामा विवाह के कौन भेज जो और सागर सागर सागर ना तो सब सब बंद है वो ओए पानी पानी पानी नहीं पर पैर दे लगा <laughs> तो <भादे आगे> <laughs> संजू संजू उड़ा के कल तू बचा छोटल नहीं बैर की या पानी पा देख पे ये कोई घोड़ा ना तो आप ठीक है समुद्र मेरे पास सुन रहे तू लव कर बेहद लव कर दो लाइट बंद कर ले